subscribe now and press the bell icon never miss an update ladu <laughs> ladu mujhko re bijla ko me aaj tu ladu ladu mujhko re bi ba tone kham khaasa cinema mein aadke mahine mein aisi shar pe dil cheez tujhe de di de di de di ye cheez de